एक दिन मेरे पापा को किसी ने कहा कि अपने बच्चे पर लगाम लगा दो पापा ने कहा लगाम घोड़े पर लगाई जाती है शेरों पर नहीं झूठ भी ईमानदार है हमारा हकीकत में भी सच्ची बात नहीं है तुम्हारी अजय झूठ भी ईमानदार है अपना हकीकत में भी सच्ची बात नहीं है तुम्हारी और पैसा तुमने चाहे जितना मर्जी कमा लिया हो हमें तो दूर हमारा जूता तक खरीदने की औकात नहीं दिल तोड़कर मैंने तो कहा भी था कोई नहीं है इस दिल में तुम्हारे सेवा जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए ताकत हूं मैं और जो मेरे दुश्मन है उनके लिए बहुत बड़ी आफत हूं मैं इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़वा होना बहुत जरूरी है सुधर गया ऊपर। सब एक नंबर का है पगली दो नंबर का नहीं कमाते हम अजी सब एक नंबर का है पगली दो नंबर का नहीं कमाते हम और जाके कहीं और लाइन मार फालतू की चीज पर पैसे नहीं उड़ाते हम। तुम जलते रहो मैं जलाता रहूंगा अपनी नज़र का ख्याल रखना मैं नजर आता रहूंगा